दोस्तों लोग हमेशा यही चाहता है कि उसे दुख कभी ना आए समस्याएं कभी उसके ज़िंदगी में ना आए और हम सभी ये चाहते हैं कि हम आनंद में रहें सुख में रहें हमें दुखों से कभी पाला ही नहीं पड़े दुख को हम घृणा के समान देखते हैं हम ये मानते हैं कि दुख बहुत बुरी चीज है दुख से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा समस्याए कभी नहीं आना चाहिए जिंदगी आनंदमय होना चाहिए हर पल सभी और सुख ही सुख रहे बाधा तकलीफ कठिनाइया के मुख को कभी देखना ही न पड़े लेकिन क्या यह संभव है दुख के बिना सुख का संभव है क्या होगा अगर जिंदगी में कोई समस्या कोई कठिनाई कोई दुख नहीं हो मात्र सुख ही सुख हो केवल आनंद ही आनंद हो तो क्या ऐसा हो सकता है अगर ऐसा हो भी जाए तो हमें वो सुख भी कालांतर में सुख नहीं लगने लगता है मनुष्य के जीवन का ऐसे रचना हुआ है जो हमें लगातार मिलती रहे तो वह भी कुछ समय के बाद बाद बोरियत महसूस होने लगती है जैसे आप लगातार ज्यादा चीनी चीनी खाएंगे तो वह भी एक बिंदु के बाद आपको बादहट देने लगती है उसी प्रकार समस्याएं दुख कठिनाए हमारे जिंदगी से पूरी तरह से नहीं हट सकती हम दुख के कारण ही सुख का भरपूर मजा ले सकते हैं सुख का पूर्णतः आनंद उठा पाते हैं क्योंकि हम वह दुख समस्या कठिनाई से गुजरे होते हैं और उससे यह हमें महसूस हुआ होता है कि दुख क्या होता है और वो दुख के पश्चात जब हम सुख की तरफ जाते हैं तो उसे पूर्णतः आनंद उठाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि दुख बहुत अच्छा होता है दुख हमें वह स्थिति वह परिस्थिति से अवगत कराता है जिसके कारण सुख मिलने पर हम अच्छे से उसका आनंद ले सकते हैं उसका संतुलन बना रहता है सुख और दुख जीवन का दो अहम हिस्सा है मनुष्य का जीवन यही दो पहलु में बना होता है सुख और दुख हम दुख समस्या या कठिनाइया से पूरी तरह से बच नहीं सकते या फिर सुख ये समस्याएं दुख हमारे जीवन में आएगी ही नहीं या कतई संभव नहीं है लेकिन हाँ हम इस दुख से समस्याओं से ऊपर अवश्य उठ सकते हैं उस स्थिति में हम जा सकते हैं जिस स्थिति में दुख समस्या कठिनाइयां रहते हुए भी हम उस दुख को उस समस्या को आसानी से झेल लेते हैं आसानी से समझते हैं इसका मतलब वह दुख वह समस्या जीवन में आना ही बंद नहीं हुआ, बल्कि हम उस दुख और समस्या का सही मूल जान लिए हैं। उस दुख और समस्या से ऊपर उठ जाते हैं तो चलिए इसे जानते हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से इससे पहले आपसे एक बिनती है कि आप इस चैनल पर नए हो तो बगल वाली लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बार एक किसान अपने गांव में दुखों से दुखी था किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहां से कुछ दूर गाँव में ठहरे हुए है निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से मानसिक पीड़ा से तनाव से और दुखों से निकाल लेंगे वह बुद्ध के पास पहुंचा उसने बुद्ध से कहा कि है बुद्ध मैं किसान हूं मुझे खेती करना अच्छा लगता है लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं किसान ने कहा मैं विवाहित हो मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है मैं उससे प्रेम करता हूँ परेशान कर देती है घर में बहुत कलेस हो जाता है जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता मेरे दो बच्चे भी हैं कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं मेरी बातों का पालन नहीं करते किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध बुद्ध को बताए जा रहा होता है बुद्ध, ध्यान उस दुखी किसान की समस्या सुनते रहे जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था किंतु बुद्ध मौन थे किसान फिर बोला कि हे hey बुद्ध मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करे बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता किसान ने अचंभित होकर कहा अरे ये क्या कह रहे हैं आप सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकाल लेते हैं तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ बुद्ध ने कहा सभी के जीवन में कठिनाइया आती है जीवन में दुख परेशानियों का आना जाना स्वाभाविक है मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है जो सुख दुख निराश क्रोध का कारण बनती है नए रिश्ते बनना पुराने रिश्तों का बिगड़ना रिश्तों में मिठास करवाहट या सब सामान्य है ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है वास्तविकता यह है कि हम सब के जीवन में बहुत तरह की हैं, तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते कोई भी नहीं कर सकता जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है एक दिन रिश्तेदार भी छुट जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा लेकिन ये समस्या जस की तस बनी रहेगी आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में इस पर किसान संयम को क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो सिद्ध पुरुष हो आत्मज्ञानी हो मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर दो वर्ष पहले आए थे उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया था दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली कुछ सुख भी आया कुछ दुख भी कम हुए लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया बुद्ध ने कहा क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते किसान ने कहा तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षा किस काम की बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ किसान ने अचंबित होकर कहा कि वो कौन सी समस्या है बुद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है समस्याएं जीवन का हिस्सा है तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएगी तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं तो यह संभव नहीं है ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइया बिल्कुल खत्म कर दी जाए तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले तो तुम अधिक समय ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे तुम उदास और बेचैन हो जाओगे क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर से दोनों से अपंग हो जाओगे तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है इसलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ संयम रखो रोज ध्यान लगाओ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो यही तुम्हारी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है इसी को जीवन की चौतरफी समस्या का समाधान कहा गया है महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया जो परेशानियों का जो कौतूहल मन को परेशान कर रहा था वह शांत हो गया था किसान आंखें बंद कर आनंद को अनुभव करने लगा किसान को सब समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था किसान बुद्ध की चरणों में गिर गया और बुद्ध से आशीर्वाद लेकर वहां से अपने घर लौट जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और अगर कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद